हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज का हमारा फैक्ट है विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पन्न करने वाला देश आइवरी कोस्ट है कोको का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है